क्या बोलते छोटे बार-बार है टाइम के ऊपर अब हमको तो मालूम है अपन कहां पर है इसलिए तो भाई तेरा चुप है अपने धूप ये सारे परछाए गाना मैंने दम इसके बैठने को भाई लफड़ा था तेरे से दूसरे भी आए क्यों भी ये लिख नहीं पा रहा था भाई एंटर का लड़का नहीं आई लव में बस्ती से निक बोलते बस्ती का हस्ती मेरी गिरी से आई लव रो मुंबई की बबलिंग में बोलने की इतनी बच्ची मेरे गाने पे कर हाथ नहीं वर्दी मेरे शो पे नहीं वर्दी की कर दी ये मेरे वाले में किधर पर है पीस दोस्त लगी रास्ते करने ये डिस्क्लोज़ के खाने में आप खिलाए तो कमरे तो आइडिया देख और बनता है धीरे-धीरे पहुंचा मंजिल के पास फिर समझा मैं इन लोग से कितना हूँ दूर पीछे गिरने ये करे दुआ लेकिन इनकी दुआएं ना होती तीन राजा और सिंह का भिड़ेगा कैसे बंडा आए ला करने को रूल हारा कभी भी किसी से जब भी ला किसी से ये मत भूल